भोपाल में दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य श्वेताम्बर जैन समाज के लोगों की कला और उद्यम को प्रोत्साहित करना है इस दौरान सभी उद्यमियों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा और एक दूसरे के साथ वो रूबरी हो सकेंगे यह मेला 16 अक्टूबर रविवार को जैन छात्रावास मालवी नगर टीटी नगर में आयोजित हो रहा है जिसमें मुख्य अतिथि भोपाल की महापौर मालती राय और भाजपा नेता राहुल कोठारी होंगे यह आयोजन जैन सिरोज ग्रुप ने आयोजित किया है मेले की आयोजक मीना कोठारी हैं रेणुका मेहता और रीना मेहता के सहयोग से यह मेला आयोजित किया जा रहा है जिसमें लोगों को दिवाली मेला एग्जीबिशन में फूड स्टॉल के साथ विभिन्न परंपरागत चीज़ों को देखने और लेने का सुनहरा अवसर मिलेगा मेले का समय सुबह ग्यारह बजे से रात ग्यारह बजे तक रहेगा